जय गंगा मैया जय गंगा ये आनंदेश्वर बाबा जी के आज आया हूँ मैं आनंदेश्वर बाबा के बगल में ही गंगा जी निर्मल गंगा विरल गंगा बह रही हैं पावन गंगा जो निर्मल निरंतर ऐसे ही बहती रहती हैं भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा जी ये कानपुर से यहाँ पर आनंदेश्वर मंदिर है बाबा शिव धाम वहाँ से निकल निकली हैं जय गंगा मैया जय गंगा मैया देखिए कितनी अच्छी दूर तक जय अभी मैं अंदर मंदिर भी दर्शन करा रहा हूँ जय आनंदेश्वर बाबा आनंदेश्वर बाबा जी की जय जयकार जय आनंदेश्वर बाबा आनंदेश्वर बाबा जी की जय जगह जय गंगा यहाँ से निकली हुई आनंदेश्वर बाबा के पास से आनंदेश्वर बाबा जी के दर्शन देखिए गेट बंद है ना इसीलिए बाहर से ये देखिए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय बाबा जय आनंदेश्वर बाबा कृपा बना रही है गंगा मैया जी आनंदेश्वर बाबा के जस्ट बगल में निकली हुई हैं जय गंगा मैया जी आप देखिए दूर तक कितना अच्छा लगता है पावन तट अविरल निर्मल गंगा जी हमेशा सदा निरंतर बहने वाली निर्मल अविरल गंगा की धारा गंगा जी की धारा यहाँ पर आते ही खुश हो जाते हैं सभी लोग इतना अच्छा दरबार बाबा आनंदेश्वर जी का दरबार जय वैभव बोले बम्बम बोले ओम महाशिवाए सब भगवान की कृपा है सब कुछ भगवान से ही संभव है भगवान का गुणगान दूर तक गंगा जी की निर्मल अविरल धारा देखने मिली मिल हम लोगों को गंगा जी का पानी कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए जय गंगा जी जय गंगा जी जो हैं वो अमृत समान और थोड़ा सा मैं ऊपर के भगवान जी को भी दिखाता हूँ आनंदेश्वर बाबा जो हैं बहुत ही अच्छे हैं ये गेट है मेन आनंदेश्वर बाबा जी का और मैं आप देखिए अंदर से यहाँ से दर्शन कराता हूँ फिर तो से एक बार जय आनंदेश्वर बाबा जी ये देखिए मैं आ गया हूँ गेट पे और यहाँ दो छेद हैं ग्रेट वैसे बंद है अभी दोपहर में दोपहर में लेकिन यहाँ साफ दिखाई देते हैं देखिए सामने ये सामने यहाँ से देखे आनंदेश्वर बाबा जी शंकर जी ओम नमः शिवाय। देखे साफ साफ दर्शन जय बाबू आठ नालेश्वर जी गिशंकर जी जय आनंद जय नंदेश्वर बाबा में ये हैं दशरथ गिरी जी महाराज ये बहुत ही बड़े गुरु है, जी हैं जय दशरत गिरि जी महाराज सभी का योगदान है मंदिर बाबा जी का और बाबा जी का आशीर्वाद सब लोगों पर है जय दशरत जी महाराज जी और इसके बाबा बड़े दयालु उसके बाद मैं आनंदेश्वर बाबा जी के पास जाता हूँ फिर से श्री आनंदेश्वरायन महल जय श्री आनंदेश्वरायन महर यहाँ देखिए यहाँ पर ये देखिए सामने से मैं देखाता हूँ ये देखिए ये देखिए ओम नमः शिवाय जय भगवान ओम तो नमेश ओं नमेश जय आर्धन स्वरी गौरीशंकर जय जय आनंदेश्वर भाव